तो व्हाट्सअप गाइज़ के हिसाब सभी लोग वेलकम टू माय चैनल एडवांस फॉर गेमर्स तो आज हम खेले जा रहे हैं फ्री फायर तो गाइस इसमें बहुत से भी बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ चुके हैं और गाइस मैंने बहुत सारे लेवल्स भी क्रॉस कर दिए मैं अभी एटीन लेवल में हूँ और तो और गाइस मैंने इसमें डॉग भी जीत लिया मुझे नहीं माना पता नहीं अचानक से आ गया और गाइ मैं अब अपने वेपन्स दिखाता हूँ कलेक्शन में तो सॉरी गाई। और गाइस विश्वास नहीं करोगे कि मेरी फेवरेट गन गंदगी है इसमें और गाइस मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट गन है और आपकी कौन सी फेवरेट गन है मुझे ज़रूर बताना तो so, अब बिना देरी के हम लोग गेम शुरू करते हैं लेट्स बी गैन हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट याद किए हैं गाइस मैं खेलू और प्लीज ये भी जरा मुझे बता देना कॉमेंट सेक्शन में आ चुके हैं आई मीन एरो हम आ चुके हैं बस हम लोग कहाँ पर उसके वही साइड कम है प्लेन ये साइड चाहिए तो ई कितना उतरना चाहिए कैसे क्लॉक टावर में आगे जाके मालूम पड़ेगा जहाँ पे बंदे कम उतरेंगे वहाँ पे उतरेंगे हम लोग वैसे ऐसा डर नहीं है कि बंदे जाते तो मार देंगे ऐसे में डर जाता है जैसे भाई अगर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा लोग उतरते हैं और पर अगर हम लोग आ जाते हैं तो फिर जल्दी हमारा गेम ओवर हो जाता है अगर तो हम जल्दी अपना गेम ओवर कर देंगे तो फिर मज़ा कैसा है आप भी बताइए और गाइज आप कमेंट कॉमेंट सक बताइए कि मेरी कॉमेंट की और इंट्रो कैसी थी अच्छी थी या गंदी थी अगर गंदी थी तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना मैं अपनी इंट्रो और कॉमेंट्री सीखने जरूर करूँगा और आप प्लीज़ सजेशन जरूर देना दे तो गाय मैं बस नीचे पहुंचने वाला हूं चलो इसके ऊपर लैंड कर डॉग कैसे आसमान में उड़ता रहता है तो नहीं दो तो तो तो ये क्या है क्या है ये, ये कुछ तो है एक ओ साइड ए ड्रॉप का गाइस इसमें समझ में नहीं आ रहा ओ नो नो नो नो नो नो नो मेरे इतनी देरी बंदा बन, भी मिल गया बंदा नहीं होना था यार गाइस की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ऐसे तो हम हार जाएंगे ये तो गड़बड़ से भी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे कुछ घंटे से अब रेडियो इससे बोलते डबल शॉट गाइस मैं कहा बंदा आखिर पहले गाइस मुझे हेल्थ बॉक्स चेक करना पड़ेगा किसी के पास चलो वेस्ट मिल गया अच्छी बात है लेवल टू का वेस्ट है और हेलमेट भी लेवल का मिला दोनों लेवल टू के हैं इसके ऊपर यार बस जल्दी से जल्दी बहुत ही <coughs> कुछ नहीं है सामान ज़्यादा अच्छा वैसे वो हॉट एयर बैलून इतना बड़ा है या यही तो अपडेट है भाई ये ये वाला अपडेट मुझे बहुत पसंद आया कहा से हम लोग इसके ऊपर बैठ सकते देखो क्या है ओह ये वाला ये सेम ही है मुझे दूसरा स्कोप होना था वैसे बस पबजी का पबजी का हेलमेट ही है वैसा दिखा <coughs> <coughs> ओह ओ गॉइस मेरी हेल्थ बहुत कम है मुझे कौन से भी हालत में होना है हेल्थ बॉक्स प्लीज़ अरे यार इसके पास भी नहीं है हेल्थ बॉक्स ये लोग तो यूज़ कर लेते हैं यार मत गायस तो पता नहीं ये लोग यूज़ कर लेते इसे क्या करते इनको मिला भी है कि नहीं और ये फिर से मिला इसमें क्या है हमारे साथ हमें मेरे ख्याल से जोन की लोकेशन देगा उमीन बताएगा कि जोन हमारे पास में या फिर हेल्थ बॉक्स प्लीज़ नहीं तो फिर ऐसे तुम्हें तो यार मेरा ये मोबाइल हो जाएगा आई नीड हेल्प बॉक्स गाइज आपने सुना गाड़ी क्या वहाँ पे बंदा था आई सुनो मैंने देखा वहाँ पे बंदा था मेरे पास ओ, guys, हमने कर लिए लिएबल एक ही जगह पे इतना मैं आज तक नहीं कर पाया गाइस हेल्थ बॉक्स so मिल चुका है मैं अपनी हेल्थ बढ़ा के आपसे मिलता हूँ सो गाइस मुझे मिल चुका है मीन मैंने हेल्थ अपनी बढ़ा ली है अब चलो आगे चलते हैं देखिए वैसे मैं इसको स्नैप कर सकता हूँ मीन इसको मार सकता हूँ ये वैल्यून को नीचे आता था ना नीचे आना था तो सही रहता था वैसे गई ये तलवार वो वाली होना था मुझे स्वॉर्ड नहीं होना था मुझे आगे डेंजर होने वहाँ पे मिसाइल गिर रहे होंगे मैं पहले यहाँ पे चेक और मेडिसिन बॉक्स चेक करता हूँ यहाँ पे हो तो फिर अच्छी बात होगी नहीं तो फिर आगे और भी बंदे मिलेंगे वैसे ज़्यादा बंदे तो नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल में क्योंकि सेवेंटीन बस है मेरे मतलब सेवनटीन यहाँ पर है सेवनटीन पड़े हुए वो गया है मैं समझा मेरे फेवरेट ऐसे दिखने वाला एक तल, एक शॉट है वो मुझे बहुत पसंद है वैसे शॉर्ट्स शॉर्ट्स में, में आपको कौन से शॉर्ट्स पसंद है गाइस मुझे ज़रूर बताना कमेंट में और मेरा शॉर्ट मेरा फेवरेट एक प्रिंट आवाज़ आई ओ मैं तो डर गया मैं अपने डॉगी से डर गया गाइस आपने कभी देखा अपने डॉगी से डरते हुए मेरे मुझे लगा बंदा होगा पीछे चाहे मुझको मार देगा वैसे वो क्या है अच्छा डॉग हाउस जैसा कुछ दिख रहा ओ ड्रम ड्रम ये तुम्हें समझो डॉग समझा टाग हाउस है ओह अच्छा इसके ऊपर नहीं चल सकते मुझे लगा चल जाएगा तो एक बार ट्राई करता हूँ वैसे भी फ्री है अभी बंदे नहीं मिल रहे वैसे बंदे एक ही होंगे मिल गए तो फिर अच्छी बात है वैसे गाएस हमें बोए होना है हमें वी हैव टू वन इसका इस्तेमाल करके वहाँ तक जाऊँ अगर गाई अगर जो ना तो ये बहुत काम की चीज़ है पी मैं यहाँ पर होगा नहीं नहीं नहीं गलत है गलत है मैं तो ओ ड्रॉप ड्रॉप वहाँ पर बंदे जरूर रहेंगे यहाँ से स्नैप करता हूँ जैसे मेरे किल्स भी अच्छे होंगे किल्स अच्छे होंगे वैसे मेरे थ्री किल्स मुझे कम से कम ज़्यादा किल्स तक करना है उधर जाके कर सब कुछ स्नैप करके ख़त्म करता हूँ क्योंकि वहाँ पर बंदे ड्रॉप लेंगे तो जरूर रहेंगे और ड्रॉप लेने आएंगे तो मेरे क्ल भी जरूर होंगे क्ल्स होंगे तो फिर और भी मज़ा आएगा उधर ओ शेख यार कोई बात नहीं इधर से चल जाएंगे वैसे मुझे जा अभी तक नहीं मिली वैसे पे बैठ जाता भाई बंदे नहीं दिख रहे वैसे वैसे अब बस नाइन है नौ बंदे हैं बस ओ वन मोर डेट तो गाइस आपने टोटल कितने केल्स करे अपने एक मैच में ज़रूर तो बताना मेरे मे, मेरे से ज़्यादा कैल्स थे या फिर मेरे से सेम थे वैसे अफकोर्स ये आपके ज़्यादा होंगे इसे ज़्यादा बंदे नहीं मिले ना इसलिए इधर को वैसे गाइस ये सॉफ्ट सॉरी क्विक रिलोड कर लेता हूँ कुछ ही नहीं रिलोड करने के कहाँ पे हो गए बंदे इंतज़ार करो वो तो मैं अभी भी सेफ जोन में हूँ एक काम करो सेफ जोन से बाहर निकलने का वक्त आ गया हो तो क्योंकि अब बंदे निकलेंगे यहाँ मुझे अब सीधा जाना है पहले जोन आ जाए इसके पास देखो तो अभी भी मैं, मैं सेफ जोन के अंदर हूँ बाप रे। बहुत आप देख सकते कितनी स्पीड से जोन आ रहा है मुझे बंदे को बंदे को ख़त्म करना पड़ेगा का पे और सेंटर सेंटर ये साइड में एक मिनट हाँ गाइस हाँ ये ये साइड सेंटर गाइस मेरे ख्याल से सिटी था वैसे बंदे बहुत कम मिले मुझे ऐसे तो फिर गेम खेलने का मजा नहीं लेकिन अगर बोए हो गए गे तो गेम खेलने का डबल मजा आता है गाइस और गाइस आप कितने बार बोए हुए आप कितने बार जीते मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसका क्यों क्या नहीं कर कुछ देख रहा राश आपने देखा मेरे वेस्ट को हाँ शायद तो, उससे वेस्ट स्ट्रांग मजा होता है और डेंजर जोन के अंदर जाना है मुझे वैसे राइ जब अच्छी जगह मिलती है ना मारने को बंदों को चुप चुप के मारने में मुझे बहुत मजा आता है स्नाइप करके ज़्यादा मजा आता है और स्नैप करने में स्नैप करके मारने में तो मज़ा ही कुछ अलग है और गाइस आपकी फेवरेट कौन सी मुझे जरूर बताना अभी मुझे मेरी फेवरेट गन तो नहीं मिली जोन आ गया मुझे निकलना चाहिए वैसे फैक्ट्री के अंदर से, से जोन। एक ये तो ये तो ड्रॉप के मैं ड्रॉप ले पाऊंगा बाइक वैसे मुझे यहाँ पर चुपके मारना चाहिए लोगों को क्योंकि यहाँ पे दो ड्रॉप पड़े हुए और दो ड्रॉप्स मतलब आप समझ जाना एक मिनट मतलब दंद... ओ नो नो नो नो नो, नो। पहले अंदर छुप जाएंगे पहले हेल्थ बनाना पड़ेगा ब... बंदे कहां पर है कहां से मारा मुझे पता नहीं बदना दिख चुका है कहाँ पर और मुझे मालूम नहीं कहाँ पर ये वो साइड मुझे मारने कोशिश कर रहा हूँ और मैं इसके पीछे पड़ा हुआ ऐसे तो पकड़े पकड़े खेल लेंगे ऐसे ओ नो किल हो गया हमारा वेल गुड वेल गुड हमेशा अच्छे खेलते थे एक काम करते गाड़ी के अंदर घुस के मार देता उन लोगों को नहीं नहीं नहीं ऐसे तो फिर मुझे वैसे मेरे पूरे केल्स हो चुके हैं बन्ना गया कहाँ पर वो पता नहीं बंदा मिले ना कहाँ पर है मेरे ख्याल से ऊपर गया ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर जरूर होगा क्योंकि ऊपर ही एक रास्ता है जहाँ पे होगे वो एक मिनट गाय होगा ऊपर कहीं कर लेता यार ओनो रिलोट पर बैठे जाएगा मुझे तो मरना नहीं है मरना नहीं है कार ले लेता तो हूँ जल्दी से वैसे ठीक है गाइस कार बोल दो जल्दी चलता हूँ वैसे मुझे डर लगता तो पा, है।, तो तो तो लग है जब कोई मेरे बहुत पास होता है मेरी फ्लोर से कभी कभी तो गाइडने लगता है जब इससे पास में होता है जोन वैसे जोन से खतरा भी रहता है और एक काम यूज इसलिए है वैसे ब्लॉक के पास अरे पहले क्लॉक ब्लॉक टा, में उतर जाना था मुझे वैसे मुझे ज़्यादा करने की जो नहीं वैसे गाइस मैं अब तो, अगर बंदा मिला तो मैं ज़रूर खाऊँगा मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ वीडियो वैसे वीडियो नहीं स्टॉप करूँगा गेम गेम तो खेलेंगे ही और जीत के जाएंगे हम वैसे लास्ट टू प्लेयर्स हैं। मींस मैं जीत सकता हूँ गाइस वी विल वॉन सो so, गाइस हम ड्रॉप के पास में भी है और जोन भी सेफ जोन भी छोटा हो सकता है और आखिरी का एक बंदा है क्या होगा आप जरूर देखिए आगे अब तो मुझे घर घराहट तोने लगी गाइस हम जीतेंगे भी कि नहीं वैसे मैं यहाँ पे हमेशा तो यहाँ से नई प्लेस है मुझे ये जगह आना पसंद नहीं है ओ मई गॉल अच्छी गन से काम रहेगी मुझे वॉल क्रिएट करने में वैसे ये गन मेरी फेवरेट है गाइस आपने देखा अभी तक ये गन को यूज़ ही नहीं करा मैं सिर्फ ये गन यूज करके सबको मारा बहुत अच्छी बात थी कि मेरा ये ये गन के मैं इतने फोर फाइव क्ल कर चुका हूँ अब जो आखिर बंदा है वो कहाँ पर है मुझे मालूम हो जाए एक बार सेफ जोन तो अंदर है मुझे सेफ जोन के नजर लेना चाहिए अगर मैं सेफ जोन से पहले उसको ख़त्म कर दिया तभी भी अच्छा है अगर सेफ जोन के बाहर ख़त्म कर तभी भी अच्छा कहीं भी मालूम बस मुझे जीतना है आपको तो पता तो है आपको आवाज़ नहीं जैसे लगा कि और कोई आ रहा है इस साइड में वैसे हमें ध्यान से खेलना पड़ेगा अगर एक भी बंदा मुझे दे मार देना है तो बहुत बड़ी गड़बड़ गड़ गड़ हो जाएगी। मुझे बंदा सा मैप में लिखा वैसे मैप हम लोग से पहले देख लेता है बंदे है भी कि नहीं और वो बंदे को ये साइड में तो आना पड़ेगा क्योंकि यहीं पर और हमें बहुत समझ कर खेलना है गोली रिलोड कर लेते हैं ओ नो मेरे पास लास्ट ट्वेंटी यार टो भी नहीं है यार पहले पहले हेल्थ बढ़ा ले तो। हेल्थ बढ़ा लेंगे फिर मिलेंगे तो गाइस मैंने अपनी हेल्थ पूरी तरह से भरा ली है अब हम रेडी है मैच के लिए और ये तो ओपन ही ले नो नो नो वो रहा बंदा वो बंदा वो वहाँ पर बंदा है वहाँ पर वहाँ पे बंदा अब तो हम उसे खत्म कर देंगे भाई हम बस जीतने वाले हैं मुझे डर भी लग रहा है और जीतने की खुशी भी होने वाली है पता नहीं क्या होने वाला है आगे चल के देखेंगे लेकिन वो है कहाँ पे उसे आना पड़ेगा ये यहाँ पे तो आना पड़ेगा मुझे डिफेंस करके मारना है उसे अगर मैंने डिफेंस करके नहीं माना ना ओ नो भाई कह मेरे पास लास्ट एट्टीन एमओ से इसकी अगर प्रॉब्लम एम ओ बढ़ गई इसकी बहुत अच्छे बहुत अच्छे वहाँ पर है बंदा मुझे स्नैप करके मानना पड़ेगा वो घर के ना छुपा हुआ है लेकिन उसे आना पड़ेगा यही साइड में वो फंस चुका है अगर मुझे डर के भागेगा तभी भी प्रॉब्लम उसके लिए नहीं भागेगा तभी भी प्रॉब्लम है गाइस मेरे ख्याल से वो वो साइड में जोन इधर आ रहा है मतलब मुझे आइलैंड के पास जाना पड़ेगा वैसे मैं जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर हाइट करने के बहुत सारी प्लेसेस हैं हाइट करने के प्लेसेस मुझे पसंद नहीं है जब भी, भी करना पड़ेगा यार पानी में यार मुझे पानी नहीं पसंद पानी पसंद है लेकिन जोन बहुत पास में है ये पता नहीं क्या होगा गाइज़ हम जीतेंगे कि हारेंगे ओ नो जोन और छोटा हो गया है होने वाला है सेफ जोन सेफ जोन बहुत छोटा हो गया हेलिए तो जब तक तो टाइम पास हो जाएगा हमारा बंदा आएगा अब आएगा बंदा अब आएगा बंदा अब आएगा बंदा कहाँ पर ओके गाइज हम सेफ जोन मुझे जब... Okay, वो बंदा गया काफी गाइज आपको दिखा अचानक से वो साइड में मैंने देखा था वहां पे था डबल आवाज आई गाइज वी आर वॉन यस गाइस वी हैव वॉन द गेम वी हैव वो ये तो गाइज आपके लिए इतना ही तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू फॉर दिस वीडियो प्लीज से सब्सक्राइब subscribe and like and comment section में ज़रूर बताना मैं कौन कौन से games खेलूँ आपको कौन से games पसंद है और मैं कौन सा game खेलूँ और तो और guys गाइज ये भी बताना कि मैं आपको कौन सा कैरेक्टर कौन से गन्स पसंद है प्लीज़ ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में और थैंक यू फॉर था सेंइंग दिस वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जय हिंद